तो हेलो गाइस आज हमारे पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है ट्रायंगल का इसमें क्या करना है हमें कि पहला लॉजिक इसमें दे रखा है मतलब हमें पता करना है कि इसमें कुल ट्रायंगल कितने हैं चारों ये जो बॉक्स दे रखे हैं ना इनमें हमें पता करना है तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है ठीक है कंसेप्ट तो एक ही होता है लेकिन इसका जो तरीका बोलते हैं जिसे तो ये चेक करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे एक और ये दो इसमें कुल ट्राइंगल कितनी हैं दो इसको चेक करते हैं देखो अगर हम इस हिसाब से निकालेंगे ना कि हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है तो उसका तो कोई लॉजिक है नहीं तो इसमें हम क्या करते हैं क्योंकि मैं जो करवाता हूं वो सब काम ट्रिक से करवाता हूं जैसे वन टू थ्री और ये फोर ठीक है लास्ट में जो नंबर आया ना उसको क्या करेंगे फोर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा एट तो इसमें कुल ट्राइंगल कितने हैं आठ ट्राइंगल इसके अंदर है एक बार मैं आपको चेक भी करा देता हूं देखो एक दो और ये तीन और ये चार ठीक है चार के बाद इन दोनों से मिलकर दो नंबर और तीन नंबर से मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा और एक नंबर और चार नंबर मिलके एक ट्राइंगल बनेगा छह छ्राइंगल हो गई फिर एक और एक और, एक और दो मिलकर एक ट्राएंगल बनेगा और तीन और चार मिलके एक ट्राइंगल बनेगा तो कुल ट्राइंगल कितनी हो गए आठ मैंने आपको ट्रिक से बता दिया कि लास्ट में जो नंबर आता है ना काउंट करने के बाद उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो बस ये ट्राइंगल का कंसेप्ट है इसमें चेक करते हैं एक दो तीन चार पांच और ये छ लास्ट में कितना आया लास्ट में आया छ तो छ मल्टीप्लाई दो कर दो इक्वल टू में कितना आ जाएगा बारह ट्राइंगल कुल इसके अंदर है ठीक है अगर वैसे भी चेक करोगे एक एक काउंट करोगे ट्रायंगल को तो भी बारह ट्रायंगल आने हैं और अगर इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो भी बारह ट्रायंगल आने हैं ठीक है इसको चेक करते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात और ये आठ लास्ट में कितना आ गया अगर ट्रिक के हिसाब से करेंगे तो आठ मल्टीप्लाई दो कर देंगे तो कुल ट्राइंगल कितनी हो गए इसके अंदर सोलह ट्राइंगल हो गई लास्ट वाला वाला जो है इसके गिन गिन के आपको दिखा देता देखो देखो कि सबसे सबसे पहले पहले बड़ा बड़ा गिनते हैं छोटा छोटा लेंगे लेंगे उसके बाद ठीक है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ तक तो हमें गिनती में सीधा दिखाई दे रहा है इसको चेक करते हैं बड़ा वाला आठ आठ के बाद क्या आएगा नौ और ये आ गया दस ठीक है और ये आ गया ग्यारह और ये आ गया बारह ये तो आ गए बारह ठीक है बारह के बाद देखो ये दिखाई दे रहा ना चार और पांच वाला तेरह और फिर ये चौदह और फिर ये एक पंद्रह और ये एक सोलह तो सोलह ट्रायंगल मैंने आपको बताया था ट्रिक है लेकिन इतना झंझट में जाने की जरूरत नहीं है हमारा सीधा तो राइट आंसर आ रहा है उसको हम क्या करते हैं आंसर मान लेते हैं मान लेते क्या हमारा जो तो राइट हो तो जाता है तो देखो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि एक दो तीन चार चार लास्ट में चार आया चार को मल्टीप्लाई कर दिया दो से एक में आ गया आठ ठीक है इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि लास्ट में छः नंबर आया है लास्ट में कितना नंबर आया अगर सिंगल सिंगल काउंट करते हैं तो लास्ट में नंबर आता है छ ठीक है इस छे को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दो से ठीक है इसका डबल हो जाएगा सीधा ध्यान रखना है कि छो तो लास्ट में जो नंबर आता है ना उसका डबल कर दो ट्राइंगल वाले कंसेप्ट के अंदर तो छह मल्टीप्लाई दो इक्वल टू में कितना आ जाएगा बारह इसी प्रकार लास्ट वाला चेक करते हैं कि लास्ट में जो नंबर आया है वो है आठ इसी आठ को क्या कर देंगे आठ को मल्टीप्लाई कर देंगे दो से या डबल कर देंगे आठ का तो राइट right आंसर निकल के आएगा सोलह तो यही हमारा आज का कंसेप्ट था आशा करता हूं कि आप, आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही नई नई ट्रिक्स जानने के लिए आप चैनल मेरा है यूट्यूब पे उसको फॉलो करें और मेरा चैनल है रीजनिंग विद रीजनिंग विद विद्यूम और आगे से मैं आपको बहुत अच्छी मेहनत करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे कंसेप्ट जो ट्रिक आती है ना जो कंपटीशन एग्जाम लेवल में रीजनिंग आती है उसके लिए मैं अच्छे अच्छे